नमस्ते दोस्तों आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे नरेगा का स्टेटस चेक कर सकते हैं कई दोस्तों को यह दिक्कत आती है कि वह जानते नहीं कि नरेट का पेमेंट आया या नहीं आया वो आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं किसी को कोई पूछने की कोई ज़रूरत नहीं अपने मोबाइल अंड्रोड पर चेक कर सकते हैं चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लस गो चलो दोस्तों होम स्क्रीन पर आ चुके हैं अब आपको बताएंगे कि नरेगा का स्टेटस कैसे चेक करें बिल्कुल आसान तरीका कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से कोई कहने की कोई जरूरत नहीं आप अपने खुद के एंड्रॉइड फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं अपना नरेगा का स्टेटस आपका कार्ड चालू है या बंद है क्या है सब आप चेक कर सकते हैं कहीं पर कोई काम चल रहा है या नहीं पेमेंट आया या नहीं सब बताएँगे इससे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है नरेगा नरेगा नरेगा लिखकर आपको सर्च कर लेना है जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने नरेगा की जो फर्स्ट वेबसाइट है वो आपके सामने आ गई ग्राम पंचायत नरेगा इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा फिर आपको इसमें दो नंबर पे रिपोर्ट जनरेट करें इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर आप क्लिक करना है रिपोर्ट जनरेट करें इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरे इंडिया के स्टेट केंद्र शासित प्रदेश सभी आपके सामने आ जाएंगे फिर आपको उसमें अपना राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश चूज कर लेना कोई भी जैसे मेरा राज्य राजस्थान है तो मैं चूज कर रहा हूँ जैसे ही आप राजस्थान चूज करोगे या अपना कोई राज्य चूज करेगा तो दो नंबर पर बनाएगा वित्तीय वर्ष जैसे कोई वर्ष अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है इक्कीस बाईस तो किस पर चूज कर लेना फिर आपको ज़िला चूज करना है ज़िला आपका जो भी है वो चूज कर लेना और फिर आप अपना ब्लॉक पंचायत समिति चयन करना फिर आपको पंचायत समिति चूज करनी है जैसे पंचायत समिति चूज करोगे तो आपके सामने पंचायत ऑप्शन आ जाएगा पंचायत तो टूट करके फिर आपको आगे के ऊपर क्लिक करना है जैसे आगे के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको टुकने करना है कि आर वन जॉब कार्ड पंजीकरण इसमें आपको चार नंबर ये दिख रहा है ना चार नंबर जॉब कार्ड रोजगार रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो ग्राम पंचायत तो में जितने भी जॉब कार्ड हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि ये शो तो हो गए। तीन चार हज़ार जॉब कार्ड जो भी हैं वो सभी शो हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इनमें से अपना जॉब कार्ड कैसे खोज के निकालें ऐसे ढूंढेंगे तो अपना टाइम बर्बाद होगा लेकिन अपन को टाइम में कुछ नहीं बर्बाद करना है शोट का तरीका तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें बिल्कुल थ्री डोट के ऊपर जैसे क्लिक कर लेना थ्री डो जो आपको दिख रहा है ये कोने में इसके ऊपर क्लिक कर लो जैसे इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेज ढूंढो ऑप्शन ये दिख रहा है ना जो पेज ढूंढो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर लेना फिर आप जो पेज ढूँढें इसमें आप जो भी जॉब कार्ड अपना है जॉब कार्ड में नाम वो सर्च कर लेना तो आपका अपना जॉब कार्ड आ जाएगा जैसे कोई भी आपका नाम है जॉब कार्ड का वो सर्च कर लेना तो आपके सामने नाम आ जाएंगे जैसे ही नाम आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है ये जो आर जे नंबर दिख रहा है जो नीले कलर में जो आपके नाम के साथ में जुड़े हुए हैं क्रमांक संख्या बाद में आर जे नंबर जो दिए हुए हैं नीले रंग के इसके ऊपर जैसे टिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा अपना जॉब कार्ड पूरी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी फिर आप अपना यहाँ से देख सकते हो आपका कोई किस्त आई है या नहीं आई है आपका जॉब कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हो किस्त की देखना चाहते हो तो नीचे चेक कर लेना कि आपकी किस्त आई है या नहीं आई है यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर इनके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप अपना विवरण देख सकते हो जैसे इन नंबरों को पर क्लिक करोगे थोड़ा लोड कर रहा है फिर आपके सामने शो हो जाएंगे कि पर परजेंट कितनी हाजरियाँ चली रही आपके कितना पेमेंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि खाते में जमा करने की तिथि यहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू